नमस्कार दोस्तों मेरा नाम उन्नत मिश्रा और मैं आज आपको एक बात शेयर करने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ हमारा रहन सहन खान पान की वजह से हमें जो बीमारियाँ होती हैं उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने आया हूँ दोस्तों सर्वाइकल है अर्थाइटिस्ट है माइग्रेन है और पेट की अन्य बीमारियाँ हैं बहुत सारी बीमारियाँ हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ तो नेचुरोपैथी आयुर्वेद के द्वारा हम इलाज करते हैं और हमने अभी हाल ही में न्यू सैनिक बिहार फाजलपुर रोटा रोड में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोला है और हम आप सबकी सेवा के लिए तत्पर हैं आप एक बार कृपया करके आइए और अपना चेकअप कर और थोड़ा नेचुरोपैथी के बारे में समझ के अपनी जीवन शैली को परिवर्तन कर अपने आप को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा मैं बता दूँ कि जो भी आप भोजन करते हैं उसमें सबसे पहले चीनी और नमक का उपयोग आप कम से कम करते हैं जो व्यक्ति सुगर है थायराइड है माइग्रेन है सर्वाइकल है चीनी और नमक का उपयोग आप बंद कर दें सबसे बेस्ट है या तो आप खांड लें या मिश्री इसका उपयोग करें जो व्यक्ति के और भी इंटरनल प्रॉब्लम हो तो उनको आप खटाई है गुड़ है चावल है इसका परहेज होता है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ज्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और बाहर की चीज़ें खाना कम कर दीजिए जंक् फूड है कोल्ड ड्रिंक है ये सब आम चीज़ें हैं योगासन और सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी उसके बारे में हम यहाँ पे सिखाते भी हैं और बताते भी हैं मेरठ में हमें ने अभी नया नया इस कॉन्सेप्ट को शुरू करा है और आशा करता हूँ कि आप सबके सहयोग से जो सन जन सेवा कल्याण हमने सोचा है उसका थोड़ा सा आप भी योगदान दीजिए और फ्री में तो कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्तों लेकिन जितना भी है हम करने की कोशिश करेंगे आपकी सेवा तत्पर रहेगी और मैं आपसे कहूँ और आपसे वादा करूँ कि आगे आने वाली वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा आपका अपना उन्नत मिश्रा धन्यवाद दोस्तों